तो देखिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये जो गोचर होगा ये आपके पराक्रम के घर में होगा देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर रहेगा पहली चीज पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कराएगा दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ की कुटुंब में यदि कोई मतभेद थे तो वो खत्म होंगे साथ ही साथ आपकी संतान को आपकी संतान को काफ़ी क्रेडिट मिलेगा उनका यदि कोई रिजल्ट आ रहा है चूंकि जैसे बोर्ड के रिजल्ट हो गए इंटरमीडिएट के हो गए या कोई एग्जाम के हो गए उसमें आपकी आपकी आपकी निश्चित रूप से सफल होंगी। क्योंकि फिफ्थ हाउस का भी होता है साथ ही साथ ही बुद्धि आपका विवेक आपकी चेतना जागृत होगी आपकी वाणी में निखार आएगा ज्ञान निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा आप किसी को सलाह देंगे और आपकी सलाह बहुत लोगों को काम आएगी लेकिन दर्शकों किसी से ऐसा वादा मत करिएगा जिसे आप समय पर पूरा ना कर पाए देव गुरु जो है बृहस्पति का ये जो गोचर रहेगा ये आपके व्यवसाय और व्यापार के लिए ठीक रहेगा नए व्यवसाय के लिए ये गोचर काफी अच्छा रहेगा व्यापार में आप लोग निवेश कर सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप में आप लोग ध्यान दीजिएगा तभी निवेश करिएगा गुरु का ये गोचर आपके पराक्रम को जहां तक अभी तक आप दबे हुए थे तो यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा साथ ही साथ भाई बहनों से कुछ आपके जो है जो जो सकते हैं जो है बात -बात पे करके सामने होंगे धर्म के प्रति इनकी रुचि जागृत होगी धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे परिवार से किसी तरीके का मतभेद जो होगा ये फिर कुछ खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा चूँकि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो प्रयास करिएगा कि आप अपनी वाड़ी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है आपकी जन्म कुंडली का ये आपकी वाड़ी का होता है आप लोगों को ख़राब नहीं बोलना है अगर आप बुरा बोलेंगे तो फिर आपके साथ बुरा ही होगा साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है सितारे सलाह दे रहे हैं कि जब आपके अंदर पराक्रम आ जाएगा तो अहम की भावना मत लइएगा क्योंकि अहम बहुत ही बुरी चीज़ है बुज़ुर्गों का सम्मान करिएगा एक बात और बता दें सप्तम स्थान जो होता है पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो पंचम स्थान जीवन साथी तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रार हो सकती है दरार आ सकती है संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे परिवार में खुशी का माहौल मिलेगा किसी नए प्रेम संबंध की यहाँ पर आपकी शुरुआत हो सकती है और वर्ष के अंत तक की आप लोग विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं तो अभी से आप लोगों को बधाई हो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृश्चिक राशि के जात को देखिए यदि हो सके तो गाय को कोशिश कीजिएगा यदि वो भूरे रंग की है या रेड कलर की है तो आटे की लोई में गुड़ भर करके आप लोग खिलाइए और हल्दी का जो तिलक होता है ये गाय माता को आप लोग जरूर लगाइएगा निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा जो है देवगुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा साथ ही साथ आपको अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं प्रातःकाल जल्दी उठ इनके के इनके चरण छू कर के आशीर्वाद लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं एक बात और बताना चाहेंगे कि प्रतिदिन यदि हो सके तो गुरु कवच का आप लोग पाठ करिए भाग्य का भरपूर आप लोगों को सहयोग प्राप्त होगा वृश्चिक राश के जात तो दर्शकों